बॉलीवुड में रोमांस के बादशाह शाहरुख खान को अब एक्शन हीरो बनना है शाहरुख ने यशराज फिल्म के डी को दोबारा रिलीज करने वाले ट्वीट को रीट्वीट किया शाहरुख ने लिखा कि मैं बहुत मुश्किल से एक्शन हीरो बना हूं और तुम मुझे फिर से रोमांटिक हीरो बनाना चाहते हो बॉलीवुड में अपनी रोमांटिक फिल्मों से दुनिया में मशहूर किंग खान को अब रोमांटिक हीरो नहीं बनना है दरअसल यशराज फिल्म ने फैसला किया कि वे इस वैलेंटाइन वीक में देश के सैंतीस शहरों में डी को री रिलीज करेंगे यशराज फिल्म्स के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल ने लिखा डीडीएल और पठान साथ आ रहे हैं इस वेलेंटाइन वीक में दोनों ग्रेट फिल्मों को साथ में एंजॉय करिए अब यशराज के शाहरुख ने अपना रिएक्शन रीट्वीट करते हुए लिखा कि अरे यार इतनी मुश्किल से मैं एक्शन हीरो बना हूँ और तुम लोग फिर से राज की वापसी कराना चाहते हो ये कॉम्पिटिशन मुझे जीने नहीं देगा मैं तो पठान ही देखने जाऊँगा राज तो घर का है लोगो को शाहरुख का यह अंदाज काफी पसंद आया वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें